तो जैसा कि आप सब यह सोचते रहते हैं कि व्यूज़ कैसे बढ़ाए हाउ टू इंक्रीज व्यूज़ वीडियो अपलोड करने का सही टाइम क्या है किस टाइम हम वीडियो को अपलोड करें ताकि हमें ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस कब एक्टिव रहता है और उस टाइम अगर आप अपने वीडियो को पब्लिक करते हो तो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलने वाला है तो इसलिए इन तक वीडियो को जरूर देखिएगा तो बिना टाइम से टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी इन रोके बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों वीडियो अपलोड करने का सही टाइम क्या है कब हम वीडियो अपलोड करें ताकि हमें ज़्यादा व्यूज आ सकता है वो आपको दिखाने के लिए मैं आ का अपने मोबाइल के स्क्रीन पर तो आपको सबसे पहले आपको व्हाइट स्टूडियो को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद जो है आपको सिंपली से अपने एनालिटिक्स पर चले जाना या फिर आपको यहां पर व्यू मोड पर आपको क्लिक कर देना है उस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो कुछ इस प्रकार कर के नरवेश गुल्कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगा तो आपको सिंपली से आपको यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साइड में आपको सिंपली से इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा अगर आपको यह ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं आपस इस वीडियो को इंड तक देख रही है आपको ये वीडियो देखते-देखते आपको वो ग्राफ भी मिल जाएगा तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए तो आपको सिंपली सिंपली से से क्या करना है है है आपको आपको इस ग्राफ पर पर क्लिक क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो कुछ ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा तो जैसे दिखा रहे हैं बारह एम और ट्वेल्व पी एम और सिक्स पी एम कि इसका मतलब क्या है और सब कुछ आपको बताने वाला हूँ और आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके ऑडियंस कब एक्टिव है आपको पता चलने वाला है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ट्वेल्व ए एम यानी कि बारह बजे दिन का है ये बारह बजे तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा गायब है यानी कि इस टाइम अगर हम वीडियो को पब्लिक करेंगे तो हमें ज़्यादा सभी व्यूज़ नहीं आएगा एक भी व्यूज नहीं आएगा हमारे वीडियो पर जीरो व्यूज रहेगा और ऐसे ही अगर हम छः बजे वीडियो को पब्लिक करें के सुबह के वक्त तो आप यहां पर दे सकते हो सिक्स एम में ज़्यादा एक्टिव नहीं है ऑडियंस और सेवन एम में कुछ ज़्यादा है कम से कम है और उसके बाद आप यहां पर जैसे तो एट एम में ज़्यादा नहीं है और नाइन ए एम ए वो भी नहीं है और 10 में वो भी नहीं है और यहां पर अलेवन एम में जो है एक्टिव ऑडियंस है हमारे और टूवल्व पर जो है एक्टिव है यानी कि मेरे विमर्स का मतलब आपको ये है कि आपको जो गाढ़ा दिख रहे ज़्यादा गारा दिख रहे है गारा वो आपके ऑडियंस जो है एक्टिव है उस समय आपके ऑडियंस जो है वो एक्टिव है इस टाइम आपको वीडियो पब्लिक करना चाहिए जैसे कि हमारा ऑडियंस जो है कब एक्टिव रहता है यहाँ पर ग्यारह बजे और बारह बजे हमारे ऑडियंस जो है एक्टिव रहता है और वही हमारे ऑडियंस जो है एक बजे डाउन हो जाता है और फिर से जो है दो बजे थोड़ा अप आता है और इसी तरीके से तीन बजे भी डाउन जाता है और चार बजे और पाँच बजे जो है थोड़ा और आता, आता हैं और यहाँ पर सिक्स सिक्स पी में और सेवन पी में हमारे ऑडियंस जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो इसी हम जो है अपने वीडियो को शाम के वक्त पब्लिक करते हैं जैसा कि आप ये वीडियो देखो हो सारे बजे आपको देखने को मिला है तो आपको अभी यही करना है मैनी व्यूवर्स में आपको जो कलर दिखा रहा है वो कलर जहाँ पर ज़्यादा गार हो आपको उसी टाइम पर आपको अपने वीडियो को पब्लिक करना है तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर जो है यस एम ये है तो ये आपका दिन है आपके ऑडियंस जो है किस दिन जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो तो दोस्तों इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपके ऑडियंस कब जो है एक्टिव रहता है और उस टाइम आप वीडियो अपलोड कर सकते हो यानी कि पब्लिक आप कर सकते हो और रही बात आपको ये फीचर तभी मिल पाएगा जब आपके चैनल पर अच्छा खासा व्यूज़ आएगा यानी कि आपके चैनल पर जो है 100 इंटू हंड्रेड व्यूज़ आएगा और व्यूज़ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और वैसे ये वीडियो भी बुरा नहीं है तो आप दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हैं